एक शिंदे गुट से जो नाराज थे जो आप कह रहे थे कि हमने उनको रोक के रखा है क्या अब वो लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि एक शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया गया है? नहीं, कोई सवाल नहीं सर एक शिंदे खुद को आज भी शिवसेना तो तो का ही कह रहे हैं खुद को शिवसेना ही कह रहे हैं दफ्तों वो खुद को शिवसेना शिवसेना का तब तक उनको मुख्यमंत्री रखाएंगे राउल साहब क्या वजह है की एक शिंदे जी को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम किया है उनका मामला है उनके पार्टी के विधायक एक सौ एक सौ छब्बीस है वो निर्णय लेंगे इसको मुख्यमंत्री करना है नहीं करना है मुझे लगता है इस प्रकार से कोई डील पहले से इसलिए ये रिस्क इतना शिंदे जी ने उठाई लेकिन अब एक सरकार अगर बनी है तो उसके ऊपर चर्चा करना की बात है के चार चार सर तो पीड़ी पीड़ी सर सर सर सर के लिए खजुर्ग की बातें पुरें? सर ईडी ईडी ऑफिस जा रहे हैं आप के एडिये एडिये के सामने सामने देश की एक जांच एजेंसी है उसने मुझे समझ भेजा है और मेरा कर्तव्य है उनके सामने पेश हो उनसे कोऑपरेट ऑपरेट कर मेरे देश का नागरिक मैं मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हूँ लॉ मेकर हूँ तो मैं कानून का सम्मान करता हूं मुझे मालूम है ये सब क्यों हो रहा है ये सब कम करता लेकिन आज मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि तो आपने देखा मेरे चेहरे पे मैंने पहले भी कहा है अगर पॉलिटिकल दबाव में अगर हमारे जैसे लोगों पर एक्शन होती है तो, तो उसके लिए मैं तैयार हूं इमरजेंसी में में यही हुआ था और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अडवाणी से लेकर विजयराजे सिंधे इंडिया जॉर्ज फर्नांडिस ऐसे सब बड़े बड़े कार्यकर्ता लोग जेल में जाकर दो दो साल तक बैठे थे गए थे और बाद में छुटकर आए तो देश में सत्ता का परिवर्तन हुआ था जेल जाने की तैयारी मन में रख के जा रहे हैं मैं मेरे जैसा कार्यकर्ता तो है वो सभी बातों की और सभी संभावना की तैयारी करके जाता है एकनाथ शिंदे स्वतारा शिवसेन समझ मुख्यमंत्री बोल